इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के विरोध में हल्ला बोल प्रदर्शन किया प्रदर्शन किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव रीना बोरासी सेतिया ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है सरकार किसानों को सोयाबीन में हुए नुकसान का जल्द मुआवजा दे सेतिया ने शिवराज सरकार को किसान विरोधी बताया है सावेर विधानसभा क्षेत्र के शिप्रा टप्पे पर कांग्रेस ने किसानों के पक्ष में हल्ला बोल प्रदर्शन किया महिला कांग्रेस की महासचिव रीना बोरासी सेतिया ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से किसानों की अनदेखी की जा रही है जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है रीना बोरासी सेतिया ने कहा की कि किसानों की प्याज और लहसुन की फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है बाजार में जिस भाव में इस फसल की खरीदी हो रही है उसमें किसान की लागत भी नहीं निकल पा रही इसके चलते किसान अपनी फसल को नदी नाले में फेंकने के लिए मजबूर है उन्होंने कहा किसानों की सोयाबीन की फसल भी खराब हो गई है सरकार से मांग है कि किसानों को फसल में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक का अधिकारियों को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जिसमें फसल की उचित कीमत के साथ सोयाबीन के नुकसान के मुआवजे की मांग की गई है